हीं से चलो तुझ कहीं आगे रुको तेरे सिवा मैं बताऊ कहा कोई भी रहा चु तुझ पे ही आके रुको तुम मिले तो रमे गम गए तुम मिले तो सारे बम गए तुम मिले तुम मुस्कुराना आ गया आ गया तुम मिले तो मैंने गाया फिर उदार तुझे किनारा दिखे दिल को तो सहारा दिखे आ मेरी धड़कन धड़काम तेरी तरफ ही मुड़े ये सास तुझ से जुड़े पर पर ये तेरा नाम ले तुम मिले तो क्या है कभी तुम मिले तो दुनिया में से चले राधे भी कुछ से ठी है वक्त तेरे हाथ में ओ तू ही शहर तुम मिले तो खुद की है खबर तुम मिले तो ऋषि खासा बन गया बम गए तुम विधे तुम स्